छतरपुर में यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस पलट गई जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और 12 यात्री घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर गंभी बताई जा रही है घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है बस तेज रफ्तार में थी जिसके कारण वह अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें पुलिस के प्रधान आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई और बारह यात्री घायल हाँ हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है जानकारी के अनुसार प्रत्यक्ष प्रधान आरक्षक पन्ना में पदस्थ था घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं ये पन्ना से बमीठा के बीच में एक बस की दुर्घटना हुई है जिसमें बस पलट गई थी तो उसमें हमारे एक हेड कांस्टेबल हैं, जो सी, -सी में थे योगेंद्र सिंह वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और यहाँ छतरपुर हॉस्पिटल में आके उनकी मृत्यु हो गई है लगभग दस से पंद्रह लोगों के घायल होने के सामान्य रूप से घायल होने की जीवन थी ये गंभीर रूप से घायल थे और उनकी